हमारे अंदर से ही एनर्जी निकलती चली जाए और उसके रुकने का कोई तरीका ना हो जैसे एक है अगर मैं एग्जांपल से ये लाइट्स हैं बताऊंगा लाइट है पर, इन सब के स्विच हैं। स्विच किसी ने ऑन कर दिया, दिया। हाँ हाँ मजे की बात क्या है, यहाँ पे एक लाइट का एक स्विच होता है अगर आप उस लाइट की तरह हो तो आपके सौ स्विच है या हजार स्विच हैं जितने रिलेटिव है सबके हाथ में स्विच है किसी ने भी एक स्विच दबाया ऑफ हो गए फिर ऑन होने के लिए क्या करते मेरी वीडियो देखते हो सर कुछ ऐसा कर दो कि मजा आ जाए अंदर तक सुरसुरी छूटे हमारे अंदर तन में हा तो। ये सब टेम्पररी सोल्यूशन है इसका कोई फायदा नहीं रियल सोल्यूशन क्या है कि बिल्कुल रिलैक्स होकर के आराम से ठंडे दिमाग से विद पेशेंस समझने की कोशिश करो कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है एक बात तो पक्की है कहीं बाहर नहीं क्योंकि मैं किसके वीडियो देखू आपके पास तो फिर भी मैं, मैं <laughs> <laughs> तो तो अंदर ही है और अगर वो सोर्स हमको समझ आ जाए तो फिर क्या फर्क होगा एक तो है कि हम एक ऐसी लाइट बने जिसके अनलिमिटेड स्विचे हैं और वो दुनिया के हाथ में ऑफ हो गए फिर वापस से थोड़ी देर में ऑन हो गए फिर ऑफ हो गए फिर ऑन हो, हो गए एक तो ये तरीका है जीने का एक है जस्ट लाइक सन उसका कोई स्विच है क्या उसको ऑफ करने का कोई कोई तरीका है sure आप कितना उसको समझ पाओगे, बट तो समझने की कोशिश करना आपको सूरज बनना नहीं है आप सब सूरज ही हो मतलब आप में मुझमें और दुनिया के किसी भी इंसान में कोई फर्क नहीं है रत्ती भर में और ये आप मेरी आंखों में देख सकते हो कि मैं सच बोल रहा हूं या इज इज जो आया है, वो जाएगा तू जाने के लिए तैयार है इस बात को अपने अंदर तक जाने तो आपको सूरज बनना नहीं है सूरज के जैसा बनना नहीं है आप वो ही हो अनलिमिटेड आपके अंदर एनर्जी भरी पड़ी है अनलिमिटेड पोटेंशियल है इंफिनिट पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन सिर्फ अपने थॉट के लेवल पे आप छोटे होते चले जा रहे हो एज किड्स आप सब में कितनी एनर्जी थी थी या नहीं थी नहीं। बहुत थी कुछ फर्क पड़ता था कभी किसी से लड़ाई हो गई झगड़ा हो गया ये हो गया वो हो गया मतलब चलते ही चले जाते थे घर वाले इतना कहते थे मत तोड़ना मत तोड़ना नहीं तोड़ ही देते थे।, <laughs> नहीं, सुनते थे किसी की ना जी मतलब कमाल की एनर्जी थी तो अब वो क्या है ऐसा जो हमारी एनर्जी को खींच लेता है मजे की बात क्या है वो हम सबको पता है जो दुखी है डिप्रेस है एंशियस है परेशान है उसमें एनर्जी की कमी है एनर्जी है भी तो नेगेटिव एनर्जी है लड़ने मरने को तो तैयार है बट उसको बोला जाए कोई कंस्ट्रक्टिव कहा है नहीं नहीं, नहीं। तो ये पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एनर्जी हमारे अंदर से कहां से आती है क्रिएटिव एनर्जी हमारे अंदर कहाँ से आती है जब माइंड पूरी तरह से रिलैक्स होता है माइंड पूरी तरह से एक जगह पर लगा हुआ होता है उसमें हजार चीजें नहीं घूम रही होती हैं नहीं तो हमारी ब्रेन की ऐसी हालत हो जाती है जैसे कोई कंप्यूटर हैंग हुआ पड़ा है मोबाइल में आपने ऐप्स बहुत सारी डाउनलोड कर ली है तो भैया टाइम आ गया फैक्ट्री सेटिंग्स को समझने का समझे बच्चे फैक्ट्री सेटिंग्स पे इसीलिए उनमें पूरी एनर्जी है और इसका सोल्यूशन क्या है अब आपको वापस से बच्चे के जैसा बनना है इस दुनिया के बावजूद ये दुनिया जो बड़ों की दुनिया है बड़े मतलब महामूर्ख <laughs> <laughs> अपने आपको बड़ा समझते हैं शरीर बड़ा हो गया ऐसे भी ऐसे भी चारों तरफ से फैले पड़े हैं मेच्योरिटी लेवल जीरो है बच्चों में फिर भी मेचोरिटी होती है बच्चों को पता है कि कहीं कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है तो हाँ फिर भी सुन लो समझ लो ये कर लो, आ, बड़ो, आ, की नहीं तो रियल मैच्योरिटी इज व्हेन वी आर ईगर टू लर्न व्हेन वी आर ओपन टू लर्न पूरी तरह से हम अलर्ट है अवेयर है हर मोमेंट में कुछ नया सीखने के लिए कुछ नया करने के लिए अब चुख जाओ अब बीच में मत बोल सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ सुनना इज इम्पॉर्टेंट बोलना इज नॉट इम्पोर्टेंट आपके अगर हजार क्वेश्चंस है अगर उन सब सबके भी मैंने जवाब दे दी ना हर एक के हज़ार लाखों नए क्वेश्चंस खड़े हो जाएंगे समझने की कोशिश करो। कहाँ से क्या बोल रहा हूँ जब भी हम परेशान होते हैं हमारी एनर्जी कम होती है जब हम परेशान नहीं होते हमारी एनर्जी अच्छी होती है कमाल की होती है तो देखो हम दुखी क्यों होते हैं इट इज सो सिंपल नंबर वन हमको जो चीजें चाहिए सर्वाइव करने के लिए और वो हमारे पास में नहीं होती तो हम दुखी होते हैं वो चीजें कहां से आती है पैसे से तो पैसे की वजह से हम दुखी होते हैं डेफिनेटली होते हैं कभी ये मत कह देना कि नहीं होते हैं फंस जाओगे उल्टे सीधे चक्रों में पड़ जाओगे उल्टे सीधे बाबाओं के पास जाकर के धक्के खाओगे उल्टी सीधे तरह की मेडिटेशन करोगे मेरा माइंड स्टेबल क्यों नहीं रहता है भैया तेरी जेब में पैसा नहीं है पहले पैसा कमा जा रहा इट इज सो ऑब्वियस समझ गए तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपके पास एटलीस्ट इतना पैसा होना चाहिए कि आपको अपने सर्वाइवल की टेंशन ना हो इसमें कौन आपको बताएगा मैं बताऊंगा कोई और बताएगा वो आपको खुद ही फिगर आउट करना है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से क्या आप कर सकते हो जहां से इंडिपेंडेंट हो जाओ दिस इज वन दूसरा हम दुखी कब होते हैं जब हम जितना कमा रहे होते हैं उससे ज्यादा हमारे खर्चे होते हैं। होते हैं नहीं होते है? ये सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा है बट क्रेडिट कार्ड और ये वो ले लेते हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे थोड़ा थोड़ा क्या होता है तो शुरू में एटलीस्ट आप इतना कर सकते हो कि शुरू में गाड़ी लेनी है ये लेना है वो लेना है डाउन पेमेंट पे लेना है खत्म नहीं है डाउन पेमेंट के पैसे मत लो ये अगर इतनी बेसिक सी भी बात आपको समझ आ रही है तो प्रेशर रिलीज हो गया आपके ऊपर से बहुत मेजर प्रेशर रिलीज हो गया हाँ दुनिया को दिखाने के लिए अपने अंदर ही अंदर कुछ भी कहानियां बनाने के लिए समझे अपने अंदर ही अंदर हम कुछ भी कहानियां बना लेते हैं कि नहीं नहीं ये तो मुझे चाहिए ही इसकी बिना तो मेरी लाइफ चली नहीं सकती है बाइक से मुझे गाड़ी लेनी ही पड़ेगी और ले ली उसके बाद में आपके बॉस ने आपकी ले लीजिए होता है नहीं होता है आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि मेरे पास में जितना पैसा है मेरे खर्चे उससे हमेशा ही कम रहे अगर आपको बिना टेंशन के जीना है तो ये आ गया दूसरा तीसरा हम दुखी क्यों होते, है? क्यों होते हैं सोचा है क्यों होते हैं हम दुखी कंपेरिजन करते हैं जब भी अपने आप को किसी से भी कंपेयर करते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है इस दुख को आप प्रेशर बोल सकते हो और जिसके ऊपर झाक तो करके देखो कितना प्रेशर है अभी हम क्या कर रहे हैं लिस्ट बना रहे हैं किस वजह से प्रेशर क्रिएट होता है नंबर वन पैसे की कमी से नंबर टू खर्चे ज्यादा होने की वजह से नंबर थ्री अपने आप को कंपेयर करने की वजह से चाहे आप किसी से भी कंपेयर करो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और प्रेशर ये मत समझना कि सिर्फ जब आप अपने आप को किसी ऐसे बंदे से कंपेयर करते हो जो आपसे ऊपर है तब आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है कोई बंदा आपसे नीचे है उससे भी अपने आप को कंपेयर करते हो तो प्रेशर क्रिएट होता है अंकल क्यों क्योंकि अब आपकी वॉट लगेगी ये सोच करके ही कि अगर वापस से मुझे उस लेवल पर डाल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा कि अब वो बंदा मेरे से आगे निकल गया तो पता नहीं क्या होगा इसने मेरी कुर्सी ले ली तो पता नहीं क्या होगा ये सब प्रेशर है ये आपकी एनर्जी को खत्म करते चले जाएंगे अपने आप को अपने दोस्तों से कंपेयर करो ये करो तो कंपैरिजन ऑफ एनी का आप ऑब्जर्व करते हो जब आप बोलते हो मैं टॉपर हूं तो क्या होता है क्या प्रेशर सिर्फ उस पर समझ आ रही है मेरी बात है तो इतनी हमारे अंदर अकल होनी चाहिए हमको आगे बढ़ने के लिए, लिए लाइफ में अपने आप को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है अपने पोटेंशियल को बचानना है उसके हिसाब से आगे बढ़ना है किसी के जैसा नहीं बनना है चाहे वो कोई भी हो कोई भी फन्ने खाओ उसके जैसा नहीं बनना है अपने जैसा बनना है और बताओ और प्रेशर किस वजह से क्रिएट होता है एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशंस क्या है सिर्फ एक लाइन में बोलूंगा जिसमें आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस कवर हो जाएगी ये जो दुनिया है जैसी है मुझे पसंद नहीं है मैं चाहता हूं ऐसी हो जाए यही तो एक्सपेक्टेशन और क्या है और जब भी आप इस तरह से एक्ट करते हो यानी कि कोशिश करते हो उनको बदलने की तो अगर वो बदल भी गए तब भी आप हारने वाले हो इस रास्ते पर चल करके क्यों क्योंकि आपकी साइकी में क्या बैठेगा आपके सब में क्या बैठेगा कि मैं बदल सकता हूं अगर मैं इसकी एक हैबिट बदल सकता हूं जैसे फॉर एग्जांपल जो हस्बैंड वाइफ हैं उनकी प्रॉब्लम की शुरुआत वहां से होती है हस्बैंड कुछ बोलता है अपनी वाइफ को करने के लिए कि तुम्हें करना ही पड़ेगा मान लो पल्लू करना ही पड़ेगा चलो कोई बात नहीं एक ही तो बात है कर देती हूं ना उसने पल्लू किया अब आपको क्या लगता है वो हस्बैंड वहीं पे रुक जाएगा वो क्या कहेगा अब तुम्हें तो रोज सुबह उठ करके पैर भी छूने होंगे रोज सुबह उठ करके मेरी आरती भी करनी होगी रात को मेरे पैर भी दबाने होंगे फिर एक दिन ऐसा आएगा वो गला दबा देगा अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है ध्यान से समझना क्या सिर्फ उस लड़की का हो रहा है या इसका भी हो रहा है लड़के का भी ये देखने के लिए बड़ी समझ चाहिए इसका भी हो रहा है क्योंकि जब अलग होंगे तो दोनों को दुख होगा ना उसको इतनी मान लो उसकी सौ एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के बाद उस लड़की ने रिवोल्ट किया तो उसको दूसरी ऐसी लड़की कहां से मिलेगी जो उसकी सौ एक्सपेक्टेशंस पूरी करे दूसरी शादी करेगा तो वहां पे तो तो कान के नीचे पड़ेंगे घुमा करके समझ पा रहे हो क्या हो रहा है तो बंदा फंस गया ना उसको आदत पड़ गई अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी करवाने की और जब उसने रिवोल्ट किया तो अब इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर तो समझदार तरीका क्या है लाइफ को जीने का सबसे समझदार तरीका जहां से बिना किसी प्रेशर के आप जी रहे हो ये दुनिया जैसी है परफेक्ट है कुछ भी नहीं बदलना इस दुनिया के अंदर नथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड